मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जौनपुर के उगरा बादशाहपुर में आए थे मैं आपके चैनल के माध्यम से बता बताना तो बताना चाहता हूँ सबसे पहले जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उगरा बादशाहपुर में आए थे वहाँ पर तमाम आप अगर आप जब उधर जाएंगे देखेंगे वहाँ की रोडें ख़राब है वहाँ पर निर्माणाधीन पुल है उसका भी काम रुका हुआ है वहाँ पर ओवरब्रिज का काम है वो को तो भी वहाँ पे एक ओवर ब्रिज चाहिए लेकिन जिस जगह पर तो मुख्यमंत्री आ रहे हैं अभी तो तमाम में वर्तमान में भारतीय तो जनता पार्टी की सरकार है और उग्रा पातशाहपुर क्षेत्र में जहाँ पर तो मुख्यमंत्री का दौरा है वहाँ पे कोई भी कार्यों का शिलान्यास इन्होंने नहीं किया उल्टे जिन कामों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने काम किया था चाहे वो बदलापुर की बात किए हो चाहे वो जौनपुर की बात किए हों सब जगह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो तो कामों किया उन्हीं कामों का इन्होंने गिराया और तत्कालीन में अपना बादशाहपुर में कोई भी नई योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास न किया ही ना ही उसका उत्था। कोई भी बारे में कोई बात नहीं ये जनता के लिए एक ये सबक के रूप में है कि अब जनता अब जनता इनके जो तो है दूसरे बातों से उठ जुती है और समाजवादी पार्टी की सरकार चाहती है हमारा एक संगठन का एक साथी कृष्णा यादव उस पुजारी क्योंकि कुछ दिन पहले पुलिस का में उसकी हत्या हो गई थी और हम लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसकी जो है सीबीआई जांच की मांग की थी और सीबीआई जांच की मांग हो रही है लेकिन आप जानते हैं मैं स्पष्ट रूप से और विभाग में से कहना चाहता हूँ कि सी जो है हमको सी के ऊपर भरोसा नहीं है अगर मैम अगर वो अगर वो दोषी था तो उसको सजा मिलनी चाहिए थी उसको न्यायिक हिरासत में होना चाहिए था उसको जेल होनी चाहिए थी किस तरह के शासन प्रशासन के लोग उसको रात में जो है थर्ड डिग्री टार्चर की इतना टार्चर किए कि हालात में उसकी मृत्यु हो गई और जो दोषी अधिकारी थे उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की तो हम किस हम किस रूप में ये देखें कि ये शासन जो है कृष्णा कृष्णा या, यादव को सीबीआई के माध्यम से ए, उसको न्याय मिलेगा लेकिन फिर भी हम आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से माननीय योगी जी से माननीय मोदी जी से तो मैं समाजवादी पार्टी की तरफ से यह मांग करता हूं कि उनकी की जो जांच हो रही है वो निष्पक्ष हो और दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो तब जाके उनके परिजनों को और समाजवादी पार्टी के लोगों को न्याय न्याय मिल सकेगा